हेलो गाइस तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में तो गाइस आज हम जा रहे हैं अपने न्यू लोग में और आज का मौसम काफ़ी ख़राब है तो देखते हैं बारिश नहीं आनी चाहिए बस बाकी आज का लोग पहाड़ पहाड़ का पहाड़ का बनेगा हमारे साथ ज़्यादा बंदे तो हैं नहीं एक कैमरा मैन है और एक टॉमी है टॉमी चले चलें पहाड़ की और यार इसको ले जाने से डर भी लग रहा है यार क्यों की है? भाग मार देगा इसको और ये हमारा भी नहीं है वारनिका चलो चलते हैं क्या होता है कि हो आपको मैं दिखाता हूँ कि आज कितना खराब है यार बहुत ही ज्यादा खराबी है सारे काले बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे सारे काले बादल छा रखे है और मैं आपको गाँव भी दिखा सकता हूँ ये हमारा गाँव है ये सारा हमारा गांव चलो चलते हैं और जो भी जंगल में होगा आपको एकदम लाइव ब्लॉग क्या पता मैं आज भी अपलोड कर दूंगा या नहीं तो मैं कल अपलोड कर ही दूँगा चलो कब तो नहीं और टॉमी तो बहुत ही सुस्त नज़र आ रहा है इसमें शायद खाना नहीं खाया टॉमी सुस्त क्यों रखा है तू इधर देख हाय आज पता नहीं टोमी को डर लग रहा है इधर आ ही नहीं रहा हो यहाँ पे रुक गया टोमी टोमी आजा ले ले ले ले ले ले ले ले जा आ मुझे लग रहा है ये मुश्किल आएगा आज ये कुछ और गाइस टोमी फाइनली भाग चुका है टोमी को लग गया है डर और ये घर की ओर रवाना हो चुके। गाइस गाइज टोमी भागा नहीं है टोमी आ चुका है मैं आपको दिखाता हूँ ये पता नहीं क्या कर रहा है आराम आराम से आ रहा है इसने आज खाना नहीं खाया ले लह टॉमी ये डरता नहीं है आ जाए यहाँ पे से आ चुका है जंगल ये प्योर एकदम खतरनाक जंगल हमारे लिए तो खतरनाक नहीं है क्योंकि हम हैं पहाड़ी और ये मेरा दोस्त आगे आगे जा रहा आज मौसम भी ख़राब है और टाइम हो रहा आपका चार बज गए तो ये वैसे भी गलत टाइम है लेकिन क्या करें जाना तो पड़ेगा सब्सक्राइबर्स के लिए न्यू न्यूलोग तो लाना ही पड़ेगा वाह वाह क्या शायरी की मैंने <laughs> और फाइनली टोमी पहुंच गया पीछे पीछे ये डर रहा है शायद यार आज तो गाइज ये फाइनली हमें मिल चुका है इसको बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं भाई चीन और अब मेरे गाइस सच में अबे देख सकते हैं इनको खाते हैं वैसे आपको पता नहीं होगा जो देसी लोंडे होंगे उनको पता नहीं होगा लेकिन इनको खाते हैं इनको जब हम आग में रखेंगे तो मूंगफली जैसे छोटे छोटे बीज निकलेंगे इनके इनको खाते हैं बहुत मस्त होता है ये छूता बोलते हैं छूता गढ़ वाली लैंग्वेज में छूता और तब दो ये हैं तीन चार पाँच छ तो हम दोस्तों की सही दोस्त भी हम मेरे आठ हैं उनके लिए ले जाऊँगा बढ़िया से को छिपा देते हैं और अभी हमें वहाँ जाना वहाँ वहाँ है, है आंवले का पेड़ देखते हैं आंवला है कि नहीं कब से आंवला नहीं खाया मैंने चलो फिर देते हैं यार अभी जाना है उधर तो उधर चाहिए इससे रख लेती चलो चलते यार यार ये या गोंद चिपक जाए इस पेड़ में होता ली ली है गोंद लीसा लीसो बोलते हैं हैं छाती से बंदे हैं हम से हम पौड़ी ये तो यार मुझे सपोर्ट रहे दे, सपोर्ट मुझे टोमी दे रहा है, सपोर्ट है मुझे इसे बदबू लग रही होगी ना किसी जानवर की जंगली जानवर की तो ये डर डर के आ रहा है चलो हम चलते हैं आ ही रहा है तो गाइज पहुंचने वाले हैं हम वहाँ वहां, वहां पर हमने पिक क्लिक करनी है मैं आपको दिखाता हम करके फोन सही है मेरा इसलिए तुम हो जाएगा सही करो उसको दिखा दो ये देखिए यहाँ साफ दिखाई दे दिखा रहा होगा आपको यहीं जाना है हमें यहाँ हमें करनी है पिक पिक प्लिक्सा रखा है इसने पर इंस्टाग्राम प्रोफाइल में लगानी है अपनी पिक्स यही तो होता है गांव में जो भी आता है वो पिक खींचने के लिए बढ़िया बढ़िया जगह ढूंढते कहीं ब्लॉग बनाने के चक्कर में हमारे कैमरे में नीचे ना खींचाई मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई नीचे ना सको तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं इस जगह में ये बहुत ही अच्छी जगह यार यहाँ मतलब फ़ोटो खिंचाने का व्यू बहुत बढ़िया आता है और बारिश भी हल्की हल्की आने लग गई है तो हमें घर भी जाना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये और जहाँ से हम आए थे मैं वो दिखाता हूँ आपको जू मारता हूँ यहाँ से ये यह। और बीच में फ़ोन भी आ गया ये यह देखिए यहाँ से हम आए और अभी वापस भी जाना है बारिश भी आने लगी लग यार मौसम ख़राब है लग नहीं रहा था कि बारिश आएगी यहाँ, है। तो मैं आपका गाइड बनूंगा देखिए ये सारे पहाड़े वहाँ तक हम जा नहीं सकते बस यहीं तक जा सकते हम तो गाइड जैसे भी आपको मेरा ब्लॉग लगा हो लाइक करें करें करें शेयर और सब्सक्राइब करेब यू